हुआ जब ना गई गले सुंदर के कहा तुर से प्यार होना जब तुरी पास आले व्हाट्सएप में दाई करे ले। फिर भी कुछ नहीं थे। व्हाट्सएप तो में दान फोटो भेज ले केस कहूँ केस हुआ जब लगा जब गले, कैसे कैसे कैसे कैसे कैसे से प्यार जब पास आले। जब गई गले सुन के सू मु तुर्फ प्यार होलन जब तु पास आले